नमस्कार स्वागत अभिनंदन कर्क राशि के जात को दिसंबर का माह क्या कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आया है इस माह को आप लोग प्रभावी कैसे बनाएं दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अनूठा प्रयोग आपको हम इस वीडियो में बताएंगे बस अंत तक हमारे साथ बने रहेगा बल्कि अंत तक भी नहीं प्रारंभ में ही बताएंगे लेकिन थोड़ा सा जो है इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार कौन कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो कर्क राशि के जात इस माह के जो प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हैं तो देखिए एक तारीख को रविवार दिन रहेगा और विवाह पंचमी रहेगी दो तारीख सोमवार दिन रहेगा और चंपा चंपाषष्ठी रहेगी वहीं दर्शकों आठ तारीख को जो है रविवार दिन रहेगा मोक्षदा एकादशी नामक व्रत रहेगा मत्स्य द्वादशी भी इसको बोलते हैं और गीता जयंती भी बोलते हैं वहीं नौ तारीख को सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा 11 तारीख को पूर्णिमा का उपवास रहेगा और दत्तात्रेय जयंती भी रहेगी रोहड़ी व्रत जो लोग भी रहते हैं 11 तारीख को आपको रहना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों 12 तारीख को अन्नपूर्णा जयंती त्रिपुर भैरवी जयंती रहेगी 15 तारीख को रविवार संकृष्टि चतुर्थी रहेगी वहीं 16 तारीख को सोमवार दिन रहेगा और धनु संक्रांति धनु संक्रांति क्या है बेसिकली देखिए सूर्य जो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं जैसे ही ये 16 तारीख को धनु राशि में आएंगे तो धनु संक्रांति इसको बोलते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 22 तारीख को सफला एकादशी नामक व्रत रहेगा साल का सबसे छोटा दिन भी होता है तेईस तारीख को सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा वहीं पच्चीस तारीख को अमावस्या तिथि रहेगी दर रहेगी और क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा ईसाई भाइयों का ये त्यौहार है तो क्रिसमस पर्व की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं उसके साथ 26 तारीख बृहस्पतिवार दिन रहेगा पौसमावस्या और सूर्य ग्रहण भी रहेगा वही दर्शकों 31 तारीख मंगलवार दिन रहेगा और स्कंदी रहेगी तो ये तो था इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार अब चलते हैं तो कर्क राशि के जातकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जयपुर आ रहे हैं दिनांक 21 और 22 दिसंबर को जो भी हमारे दर्शक जयपुर से जुड़े हैं आप लोग हमसे मिल कर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और दिल्ली आगमन होगा 28 और 29 तारीख को आप लोगों को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि राम मंदिर के बारे में जो भी हमने प्रिडिक्शन की थी स्क्रीन आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर और हरियाणा चुनाव हो गया फिर चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो गया इससे जुड़ी हुई भविष्यवाड़ियाँ काफ़ी हमारी सटीक रही सत्य रही और जो जो चीज़ें हमने बताई थी वो वो चीज़ें हुई हैं तो एक लाइक तो दर्शकों बनता है इसके साथ साथ दर्शकों जो कर्क राशि के जातक हैं वार्षिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है प्ले में जा करके आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है अंक ज्योतिष राशिफल भी हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है इससे संबंधित वीडियो बना दिए हैं शनि का राशि परिवर्तन 24 जनवरी को होने वाला इससे संबंधित भी वीडियो बना दिए हैं और दर्शकों इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए एक सरप्राइज ये है कि दैनिक राशिफल जी हाँ प्रतिदिन का जो राशिफल होता है उनमें दो भाग्यशाली विजेताओं का चयन होता है आप लोगों को करना क्या है कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है आप उसको जो है लिख दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीज़ें आप लिख करके भेज दीजिए और फिर नेक्स्ट डे के राशिफल में हम जो है अपने राशिफल के माध्यम से आपको जो है आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उपाय सहित आपको बताएंगे तो दर्शकों लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ हम आपको प्रयोग बता देते हैं लेकिन उससे पहले देखिए ग्रह जो है ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं यहाँ पर जो है मंगल देव तुला राशि में चलायमान है सूर्य और बुद्ध वृश्चिक राशि में चलायमान है सोलह तारीख को सूर्यदेव धनु राशि में आ जाएंगे जुपीटर का राशि परिवर्तन हो चुका है ट्रांजिट हो चुका है गुरु शनि केतु धनु राशि में चलायमान है शुक्र मकर राशि में चलायमान है राहु अगेन मिथुन राशि में चलायमान है और चंद्रमा को मानक मान करके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही इस माह का हमने राशिफल तैयार किया है तो दर्शकों जो लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयोग रहेगा देखिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा शुक्रवार वाले दिन प्रत्येक शुक्रवार को आपको करना ये रहेगा कि ललिता सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है यदि आप बोल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और यदि आप संस्कृत नहीं बोल पाते हैं तो आप YouTube पर ही ललिता सहस नाम जो है आप सुबह उठिए और उसको प्ले कर दीजिए घर में दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम आपको प्ले करना रहेगा पूर्णिमा वाले दिन आपको करना क्या रहेगा फुल मून वाले दिन जल लीजिएगा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिएगा मिश्री मिक्स करिएगा केसर डाल लीजिएगा और ओम ऐम क्लीम सोमाए नम इस मंत्र से चंद्रदेव को आपको अर्क देना रहेगा 11 तारीख को जो पूर्णिमा रहेगी इसमें आपको चंद्रदेव को अर्घ देना रहेगा और दर्शकों फिर आपको करना क्या है ओम श्रीम श्रीय नमः जो मंत्र है आप लोग स्क्रीन पर देखिए सब मंत्र देख सकते हैं इस मंत्र को जितना ज्यादा चंद्रमा के सामने आप जप सकते हैं जपिएगा यकीन मानिए दर्शकों ये जो महीना रहेगा आपके लिए लक्ष्मी माँ अपने कोष खोल देंगे एक बार इसको जरूर आप लोग हमारे कहने से करिएगा दूसरा कार्यक्षेत्र पर जब भी निकलिएगा एक आदत डाल लीजिएगा आप घर में गुड़ रख लीजिए और जब भी कार्यक्षेत्र पर निकलिए गुड़ और पानी पी करके कार्यक्षेत्र पर निकलिए आपको धन संबंधी अधिक लाभ होगा तो चलिए दर्शकों इस माह कर्क राशि के जातकों के साथ क्या क्या जो है घटनाएं घटित होंगी तो सबसे पहले इस माह कर्क राशि वाले लोग अपने काम से ज़्यादा पर्सनल लाइफ में बिजी रहने वाले हैं आपसी समझ और सहयोग से ही आपके काम बन सकते हैं कार्य क्षेत्र में मेहनत से आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे काफ़ी बिजी शेड्यूल के बावजूद घूमने फिरने के कई मौके आपको मिलेंगे और जीवनसाथी के साथ घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं कर्क राशि के लोगों की आय के साधनों में वृद्धि होगी देखिए दर्शकों जो यहाँ पर नाइस स्थान पर बैठे हुए हैं इनकी जो पंचम दृष्टि है ये आपके कर्म के घर पर पड़ रही है जुपिटर अपनी पांचवी दृष्टि से आपके कर्म के घर को देख रहे हैं अर्थात कोई नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है कोई भी रिजल्ट जो आपके फेवर में नहीं आ रहा था तो अब आपके फेवर में आएगा आप एग्जाम दीजिएगा या कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग होगा तो आपके पक्ष में आएगा खास करके जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको अब सफलता मिलेगी जो भी एजुकेशन संबंधित लोगों का कोर्ट में केस चल रहा था उसमें इनको विजय प्राप्त होगी लेकिन जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा आपको प्रतिकूल जो है देखने को मिलेगा कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको म आ सकता है आपको मौसमी बुखार भी आ सकता है इसके साथ साथ दर्शकों एक बात और बताएं अचानक धन लाभ भी हो सकता है शेयर बाजार इत्यादि से आपको यहाँ पर धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एक बात और बताना चाहेंगे कि आपको इस माह किसी को धन उधार नहीं देना नहीं तो आपका पैसा देखिए फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप किसी से स्पष्ट रूप से बात बोल देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा जॉब संबंधी मामलों में आपको सफलता प्राप्त ही हो प्राप्त होगी एक बात और बताएं कि आपको इस माह झगड़े झंझटों से दूर रहना चाहिए क्योंकि आप जो है आपसे आप बिल्कुल शांत रहेंगे लेकिन आपसे दूसरे लोग आकर के अकारण ही भिड़ेंगे इस माह आपको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है कोई महान सफलता आप पा सकते हैं और ये उचित है कि आप अपने बल पर यह सफलता प्राप्त करें आप कई ईर्ष्यावान व्यक्तियों से मिल सकते हैं जो आपका दुरुपयोग करने और वह नहीं तो कम से कम आपकी सफलता का हिस्सा चुराने का प्रयास करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों से आप लोग दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा यदि आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत अधिक काम है तो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए आप अपने कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से इस्मा करें तो ठीक रहेगा हमने आपको पुनः बताया कि जुखाम वगैरह आपको लग सकता है तो इसको सीरियस लीजिएगा हल्के में मत लीजिएगा इस माह आपकी संतान आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकती है ये जो आप देख रहे हैं पंचम स्थान पर सूर्य बुद्ध का यहाँ पर आदित्य योग जो बना हुआ है तो आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए यदि कहीं बाहर अप्लाई कर रही थी तो उनके एग्जाम्स वगैरह क्रैक हो सकते हैं एग्जाम में अच्छी सफलता मिल सकती है आपके लिए जो विरोध कर रहे थे वो इस माह दबते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लाभ के विभिन्न मार्ग आपको प्रशस्त होंगे जो भी वाद विवाद में आप प्रतिभाग करेंगे उसमें कर्क राशि के जातकों को सफलता मिलेगी समझौतों सहयोग तथा एग्रीमेंट में आपके विचारों तथा सुझावों की प्रधानता इस माह रहेगी सहयोगियों और साझेदारों से जो विवाद आपके चले आ रहे थे वो समाप्त होकर के अनुकूल वातावरण बनेगा संतान के कार्यों से पद प्रतिष्ठा में आपको जो है क्या कहते हैं मान सम्मान मिलेगा दांपत्य जीवन का सुख रहेगा दुर्घटनाएं इस माह होंगी लेकिन चमत्कारी रूप से आपका बचाव होगा दिसंबर का जो ये माह रहेगा कर्क राशि के जातको मास के अंत तक की योजनाओं के अनुरूप कार्यो में आपको सफलता मिलेगी लास्ट में मंथ के एंड में आर्थिक संतुलन आपका कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा जिसका आप अनुभव भी करेंगे लेकिन आकस्मिक रूप से किसी झगड़े झंझट पर भी अंत में आप फंस सकते हैं लास्ट में ही मंथ के एंड में 25 तारीख के बाद से जीवन साथी तथा संतान से आपकी अनबन रहेगी संतान के कारण कष्ट रहेगा घर परिवार से कुछ दूरी जो है कुछ समय के लिए आपको अलग रहना पड़ सकता है उच्च ताप अथवा गर्मी के कारण शरीर में कुछ शिथिलता आएगी आपका जो भोजन संबंधी जो है पाचन संबंधी है इससे संबंधी कोई रोग हो सकता है भोजन आपका पचेगा नहीं अपच की समस्या रहेगी गैस की प्रॉब्लम आपको रहेगी खैर कुल मिलाकर के मानसिक तथा शारीरिक रूप से आप मंत्र केन्द्र में तनावग्रस्त रहेंगे महिलाओं के साथ सचेत रह करके कार्य करें अन्यथा अपमानजनक स्थितियों का सामना कर्क राशि के जातकों को करना पड़ सकता है प्रशासनिक कारणों से आपको मान और पद प्रतिष्ठा की हानि मंथ केंद्र में होगी आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकता है इतनी चीज़ें जब आपको पता चल रही हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों से बचिएगा अवैधानिक तथा सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि जागेगी प्रेम प्रकर तथा वार्ताओं में कुछ मंथ केंद्र में पच्चीस से लेकर के तीस तक असफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो कर्क राशि के जात इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से हैं एक तारीख चार तारीख पाँच तारीख आठ तारीख नौ तारीख 18 तारीख 19 तारीख 21 तारीख 25 तारीख 27 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा 25, 27 बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा लेकिन एवरेज ही रहेगा और प्रतिकूल दिवस की भी हम बात करें तो 3 तारीख 10 तारीख 12 तारीख 14 तारीख 17 तारीख 23 तारीख 26 तारीख 28 तारीख 29 तारीख और 30 तारीख आपके लिए अशुभ दिवस रहेंगे शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा तो पिंक कलर और वाइट कलर आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें इस पर आप लोग लॉटरी खेलते हैं तो चार नंबर और नौ नंबर आपके लिए शुभ रहेगा अब बढ़ते हैं उपाय की ओर लेकिन दर्शकों देखिए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और एक बार आप लोग जय श्री राम का उद्घोष करिए राम मंदिर का अब चूंकि निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और आप सभी लोग एक बार जय श्री राम का उद्घोष करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उपाय क्या करना है देखिए शुक्रवार को आपको मावे की बनी हुई मिठाई रोटी में डाल करके प्रत्येक शुक्रवार को आपको गाय को खिलाना रहेगा ये प्रयोग करेंगे धन संबंधी बहुत अच्छा प्रयोग है दूसरा लाल पुष्प डाल करके भगवान भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ आपको डेली करना रहेगा नारायण कवच का पाठ आप लोग प्रतिदिन करिएगा और विशेषकर पच्चीस से लेकर के और इकतीस दिसंबर के मध्य तक तो आपको डेली करना रहेगा अन्यथा बहुत मुसीबत में आप फंस जाएंगे संतान के साथ आपके संबंध मधुर रहें इसके लिए आपको करना क्या होगा कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा जी के 32 नाम आपको डेली जपने रहेंगे ये आप कार्य करिएगा अन्यथा संतान के साथ भी वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएगा तो कर्क राशि के जात को हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप जयपुर में मिलना चाहते हैं इक्कीस और 22 तारीख को मिल सकते हैं दिल्ली 28 और 29 का आगमन हो रहा है आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक, तक के लिए नमस्कार जय श्री राम